Back to my channel, this is me, और तो आप लोगों स्वागत है दोबारा से, से मेरे चैनल पे तो वीडियो पर थोड़ी सी लेट है तो गले हो ये वीडियो, दो दिन डिले हुई है दो तारीख की वीडियो आई थी तीन को नहीं आई चार को भी नहीं आई वो ये पाँच को आएंगे वीडियो डिले क्यों हुई क्योंकि इसके एडिटिंग में मेरे को दो बार गलती हो गई थी जिस मेरे को दोनों बार वीडियो नहीं कर पाया एडिट जो नेक्स्ट वीडियो थी वो भी एडिट नहीं कर पाया इसी की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो को से एंड तक देखना वीडियो जहाँ तक है वहां तक मैंने अच्छी बनाने की कोशिश की है और ये अच्छी नहीं लगी तो मैं जहाँ तक कह सकता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने फनी वीडियो बनाई है जहाँ तक मेरे को तो बनाने में हसी आ रही है तो आप लोगों को तो जरूर आएगी तो उस वीडियो को पूरा पूरा सपोर्ट को शुरू के एंड तक जरूर देखना और जो भाई हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना प्लीज मेरे चल रहा है कम्प्लीट कर दो पाँच सौ सबक्राइबर से चाहिए और ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं डाल पाता और चाहता और जहाँ तक मेरी उनके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्या हो गया यार जो शॉर्ट्स वीडियो थे यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेमस होती थी ज़्यादातर वो भी अब फेमस नहीं हो रही हैं चलिए कोई बात नहीं होगी टाइम टू टाइम आपसे बस इतना कि वीडियो देखिए बाद जैसा ही ऐसा हम आ चुके हैं आज के अपने पहले फैक्ट की तरफ तो पहला फैक्ट है हमारा दुबई का सबसे बड़ा गार्डन और दुनिया का भी सबसे बड़ा गार्डन फूलों वाला कौन सा है तो इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जिस गार्डन में बात करने वाला हूं उसमें करीब करीब पाँच करोड़ से ज़्यादा फूल हैं और पच्चीस करोड़ पेड़ पौधे हैं पाँच करोड़ फूल से ज़्यादा पाँच करोड़ पाँच करोड़ से ज़्यादा फूल हैं और उसमें करीब करीब 25 करोड़ पेड़ पौधे हैं उस गार्डन का नाम क्या है तो दुबई का जो गार्डन है उसका नाम है मेरिकल गार्डन ये दुबई में है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दुबई जो जाना चाहे वो जा सकता है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने दो अपने आज के सेकंड फैक्ट को चूज़ किया था उसके अंदर हमने दुनिया की सबसे महंगी चाय को दूड़ा और उसके नाम को दूड़ा और वो कितने करोड़ की मिलती वो भी दूड़ी और वो कहाँ पर उगाई जाती है उत्पादन कहाँ पर होता है उसका उस देश का नाम भी दूर तो हम पहले उस देश का नाम बताते हैं उस देश का नाम है चीन जहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती पाई जाती है उसके बाद उसकी कीमत कितनी होती है उस चाय पत्ती की कीमत होती है करीब करीब आठ करोड़ अट्ठाईस लाख आठ करोड़ अट्ठाईस लाख उसकी कीमत है उसका नाम क्या है डू हंग पावर जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डू हंग पावर टी डूहंग पाव टी जिसके एक किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत है ये एक किलो चाय पत्ती की कीमत है डूहंग पाव की और ये दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्तियों में है दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती है जिसकी कीमत भी मैंने आपको बता दी है आठ करोड़ अट्ठाईस लाख चीन में पाई जाती है चलते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट फैक्ट आज का हमारा क्या है आज का फैक्टर नंबर तीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आपने चीन के का नाम तो बहुत, बहुत तो यह भी आज है तो चलाते हैं लेकिन आप लोग जानते आप लोगों को यह पता है कि चीन को कुफू सिखाने वाला भी एक भारतीय नागरिक था उसका नाम क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ का नाम है पति लेना चाहिए मेरे को नाम नाम ये उनका है जिन्होंने तो खोज की तो चलिए चलते नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट भी हमारा किसके ऊपर है माफी चाहूंगा कि इससे पहले मैं जिसमें बोला था उसमें थोड़ा बैकग्राउंड का जैसा लग रहा था उसके लिए एक, एक व्यक्ति कॉलगेट के कंपनी के पास गया और उसने बोला की मैं आपको एक आइडिया दूंगा और उसने आइडिया के पीछे एक शर्त लगा दी वो शर्त क्या लगाई बिक्री का 40 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी उसके बदले आपको मुझे एक लाख डॉलर देने देने होंगे एक लाख डॉलर देने होंगे तो वही कंपनी ने हाँ कह दिया वही बढ़ जाएगी तो और बढ़िया बात है और इसमें उसने कुछ नहीं किया जो टूट पेस्ट होता है उसके होल को बढ़ा कर दो जिससे ज़्यादा खर्च होगा ज़्यादा खर्च होगा तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो बेनिफिट ज़्यादा होगा बेनिफिट ज़्यादा होगा, तो आपको पता ही यार बेनिफिट ज़्यादा हो रहा तो पैसे आएगा तो उस एक लाख डॉलर मिल गया उससे उसने एक आइडिया से सत्तर लाख रुपए कमा लिए तो ऐसे ऐसे आइडिया आप लोग मेरे को दिया करो जिससे कि मैं भी सत्तर लाख रुपए कमा सकूँ प्लीज आज का लास्ट फैक्ट जो फैक्ट नंबर पाँच है ये बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग क्यों है इसमें मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया गया जिसको मैं आपको अपने तरह से एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें बहुत अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं अपनी तरह से आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूं तो नहीं कैसे इसमें बताया गया है कि कोई भी जो बीमारी आती है और हम उस बीमारी के बारे में सोचने लगें तो हमारा जो माइंड होता है उस बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में पैदा कर देता है अगर हम उस बीमारी के अपोजिट सोचें कि हमको ये होगी नहीं ये तो नहीं होएगी नहीं पर हम उसे अपोजिट से सोचेंगे तो हमारा दिमाग उसके हमारा दिमाग कुछ ऐसा करेगा कि उसकी एंटीबॉडिक एंटीडोज होती है कुछ भी हो एक्चुअली उसे बनाना स्टार्ट कर देगा जिससे कि उस लोग का जो है नुकसान होना चाहिए वो बहुत कम से कम होता है तो इसमें वही बताया गया जैसा कि आपने कहा इस कोरोना टाइम में देखा होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना से डर लगता था तो जिसके कारण बहुत से लोग कोरोना से मरे और बहुत से लोग ऐसे थे जिनको लगता था कोरोना है ही नहीं तो वो लोग बचे वाह क्या बात है चलिए आज का फैक्ट यहीं पर ख़त्म होता है तो मिलते हैं हम आपसे बाद में आई होप ये आपने वीडियो को ऊपर देखा हो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करते चलो तो हमारे को सब्सक्राइब कर दो, तो। और एक चीज़ बोलूँगा कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ये फैक्ट्स से रिलेटेड इनमें मेरे को भी कुछ कमियाँ दिखाई दे रही है वीडियोज़ में जहाँ तक इसके जो क्रिएटर्स देखे फैक्ट वीडियोज़ के वो कुछ अलग तरीके से अपने वीडियो क्रिएट करते हैं और जहाँ तक उनकी वीडियोज को देखने में अच्छे लगते हो सकता है हमारी वीडियो पर कम आते हैं उसका एक मेन रीज़न ये हो कि हम अपनी वीडियो को इतना अट्रैक्टिव नहीं बना पाते हैं कि लोग आए हमारी वीडियो को देख ना ही इतनी थम्बल अट्रैक्टिव होती है नए नए यूजर हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ सीखने में और ढूंढने में टाइम लगता है ऐसे फैक्ट तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मेरे फैक्ट ज्यादातर अच्छे आते हैं ये होता है कि मैं एक्सप्रेन नहीं कर पाता आप लोगों को समझा नहीं पसता यह मैं अपनी गलती मान सकता हूँ तो इस गलती को सुधारेंगे जल्द से जल्द और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से जल्द से जल्द अच्छे अच्छे-अच्छे वीडियो लाओ प्लीज़ आप लोग तो मेरे को सपोर्ट करो कि जिससे मेरे जल्द से 500 पाँच सौ टारगेट है कम्प्लीट हो जाए मिलता हूँ ने जब तक के लिए जय इंद जय भारत नमस्कार